आज हम आपको पे एप्लीकेशन से रेलवे का टिकट बुक करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस एप्लीकेशन से आप टिकट बुक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके पहले आपको आई के माध्यम से किस प्रकार से बुक किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे तो चलिए दोस्तों हम आपको आज नया तरीका बताएँगे कि जिसमें आप पे से टिकट बुक कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पे एप्लीकेशन को खोल लेना है उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा पे का यहां पर आपको आने के बाद आप यहां नीचे आइए नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं टिकट बुकिंग तो यहां पे आप फ्लाइट बस रेल टिकट तो आपको जिस जिसका भी आपको टिकट बुक करना हो आप उसका बुक कर सकते हैं तो चलिए हमको रेलवे का टिकट बुक करना है तो रेलवे के लिए हम इस रेलवे टिकट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं बाय स्टेशन इसके नीचे है सोर्स स्टेशन तो यहाँ पर आपको जहाँ से टिकट चाहिए तो उस ज़िले का प्लेटफार्म नंबर या स्टेशन यहाँ पे आपको पे दर्ज करना है तो चलिए दोस्तों हम दर्ज कर देते हैं जैसे आप दर्ज करेंगे तो आपकी सिटी का स्टेशन यहाँ पे आ जाएगा और आपको डिस्टिनेसन स्टेशन में सेलेक्ट करना है कि आपको जाना कहाँ है तो वहाँ पे सिटी स्टेशन जहाँ पर आपको जाना है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है इसके बाद आप किस डेट को जाना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है डेट सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं सर्च ट्रेन इस पे आपको क्लिक कर देना है सर्च क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जितनी भी ट्रेन होंगी उस तारीख को यहाँ पे सारी ट्रेन शो हो जाएंगी तो अब आप अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे ट्रेन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस समय निकलना है दिन में हो तो दिन वाली ट्रेन देख लें अगर रात में निकलना हो तो रात वाली ट्रेन देख लें तो दोस्तों आप अपने आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं कि आपको किस ट्रेन में आपको टिकट चाहिए तो मेरे लिए ये नंदनकानन एक्सप्रेस ये सही है कि जो मुझे से अपने समय अनुसार वहाँ पहुँचा दे तो चलिए हम इस पे बुक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास में करीब 40 सीटें अवेलेबल हैं तो इस पे हमको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फ्राइडे 15 जुलाई अवेलेबल पैंतालीस सीट तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है बुक पर जैसे ही हम बुक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कन्फर्म आईआरसीटीसी डिटेल तो यहाँ पे आपको अपने रेलवे की जो आईआरसीटीसी आईडी है जो हमने शुरू में आपको बताया था कि किस प्रकार से बनाई जाती है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से बनाई जाती है और उसको आप बना करके यहाँ पर आप डाल दें तो चलिए दोस्तों हम उस रेलवे की आई को डाल देते हैं और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करते हैं तो दोस्तों आप जैसे ही रेलवे की आई डाल के प्रोसेस करेंगे तो इस प्रकार से ये आई डी पर आ के खुल जाएगी तो उसके बाद आप आपको अपने जितने भी लोग हो अपने परिवार के हों या दोस्त हों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको उनका नाम दर्ज करना है और आगे ऐड भी करना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर नाम दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन में आपको नाम भर देना है नाम भरने के बाद उनकी एज भर देना है ऐज भरने के बाद बर्थ परफॉरेंस में आपको नो no चॉइस जो सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट ही रहने देना है उसके बाद ने, नेशनलिटी आपकी इंडियन उसको भर देना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये यह जो डन दिख रहा है इस डन पे आपको क्लिक कर देना है डन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक ट्रैवलर सिलेक्ट हो चुका है और सेव हो गया है इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं एड एडल्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर मेल तो इस पर मेल फीमेल जो भी हो आपको यहां पे सेलेक्ट कर देना है उसके बाद उसका दूसरे वाले का नाम आपको डालना है जो आप दूसरा ऐड कर तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे उसका फुल नेम डाल देना है फुल नेम डालने के बाद एज उसकी जो एज हो वो एज डाल देना है और बर्थ परफार्मेंस में जो नो चॉइस सेलेक्ट है उसी को रहने देना है या अगर आप अपने आवश्यकता अनुसार चाहें तो लोअर बर्थ मिडिल बर्थ अपर बर्थ साइड लोअर बर्थ जो सेलेक्ट करना चाहें आप यहां पे लगा भी सकते हैं तो चलिए हम नो पे ही क्लिक रहने देंगे उसके बाद नेशनलिटी इंडियन लगी हुई है तो आपको इसी प्रकार से इसको लगा रहने देना है उसके बाद ये देख सकते हैं डन इस डन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ये आप डन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रेवलर इन्फॉमेसन में आप देख सकते हैं एक दो दो लोग ऐड हो चुके हैं क्योंकि हमको दोनों का ही टिकट चाहिए तो बस हमने दो ही ऐड कर रखे हैं इसके बाद एडिशनल प्रफेरेंस में आपको इस पर भी कुछ नहीं करना है जीएसटी वगैरह इस पर आपको कुछ नहीं करना है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आप देख सकते हैं ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में ये जो मोबाइल नंबर है आपकी जो आई में लगा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसको लगा ही रहने देना है यहाँ आपको केवल ई मेल दर्ज करना है तो ई मेल आप यहाँ पर दर्ज कर दें उसके बाद आई आई एक्सीडेंट इंश्योरेंस पैंतीस पैसे का ये इंश्योरेंस है तो इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आई ए पे लगा हुआ है तो आप इसको प्रोसेस टू बुक इस पर आपको क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं नंदन कानन एक्सप्रेस 12815 अवेलेबल पैंतालीस सीटें हैं इसके बाद ट्रेवलर इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं दोनों लोग ऐड हैं अगर आप इस पर एडिट करना चाहें तो ये एडिट से आप एडिट भी कर सकते हैं उसके बाद गारंटी बर्थ परफोन इसमें आप अगर कुछ चूज़ करना चाहें तो आप सीट वगैरह एडिट करके चूज़ भी कर सकते हैं और आप ये इधर देख सकते हैं योर टिकट विल बी सेंट टू ये ईमेल आईडी दे रखी है एंड ईमेल आईडी में आपका टिकट भी भेज देगा और मोबाइल नंबर के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई फायर तो यहाँ पर आपको टिकट का जो भी मूल्य है उसको ये यह यहाँ पे आपको सो होकर आ जाएगा कि ये आपका टिकट कितने का है उसके बाद प्रोसीड टू पे इस पर आपको क्लिक कर देना है प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अब ये आपसे पेमेंट मांग रहा है तो जो भी आपका बैंक हो तो ये ऑलरेडी पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह में लगा ही होता है तो आपका जो भी बैंक हो आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये पे एंड पेमेंट या अगर आप डेबिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से या जिसके भी माध्यम से आप ये पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं तो चलिए हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसी बैंक से हम पेमेंट कर देते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर यूज़र आई और पासवर्ड की साइट पर यानी रेलवे की आई की साइट पर डिडायरेक्ट कर दिया जाएगा तो इसमें आप देख सकते हैं यूज़र आई तो पड़ी हुई है और पासवर्ड और कैप्चर डाल के आपको सबमिट कर देना तो चलिए दोस्तों हम सबमिट कर देते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं कैपरा कोड वगैरह पासवर्ड डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं बुकिंग सक्सेसफुली और टिकट आपके ईमेल पर जो आपने शुरू में ईमेल दी होगी उस ईमेल पे आपको टिकट ये सेंड कर दिया गया है पे के द्वारा इसके बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड टिकट और यहाँ पर कैंसल टिकट और रिसेंट वग़ैरह और डाउनलोड टैक्स इन्वाइस आपका जो भी टोटल बिल है इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए हम आपको टिकट डाउनलोड करके दिखाते हैं तो इस डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है ये टिकट डाउनलोड हो गया है डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिए, इस पर क्लिक करके तो जब क्लिक करके आप देखेंगे तो ये पीडीएफ फाइल पे टिकट आ चुका है तो आप इसको पीडीएफ फाइल पे ओपन करके भी देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों ये आपका टिकट बुक हो गया है बुक होने के बाद आप यहाँ पर टिकट की जो भी आपने जानकारी भरी हुई है वो आप इसको मिलान कर लें देख लें और जिस तारीख को भी आप इसमें ट्रेवल कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप दोस्तों पे के माध्यम से भी आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हैं ये हमने भी प्रोसेस बता दिया है और आपको आई के माध्यम से किस प्रकार से टिकट बुक किया जाता है वो हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें धन्यवाद दोस्तों